भोपाल में दो युवकों ने डायल हंड्रेड की टीम के साथ मारपीट की बताया जा रहा है कि दोनों युवक नशे की हालत में थे फिलहाल दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है लोगों के बीच पुलिस का डर तो खत्म हो ही गया है लेकिन अब शायद लोग पुलिस पर हाथ उठाने से भी नहीं डरते मामला राजधानी के हनुमानगंज का है जहां नशे की हालत में दो युवकों के बीच मारपीट हुई जिसे शांत कराने के लिए डायल हंड्रेड की टीम और एक पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो दोनों युवकों ने डायल हंड्रेड की टीम से छीना झपटी की